आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा कि अपने आप को हाइजीन को मेंटेन रखें, खास कर रखे, मुँह को सफाई करें, कोई तो भी जब अगर आप से ले रहे हैं तो आप मुंह का कुल्ला जरूर करें तो इन बातों का ध्यान रखना है इनके अलावा आपको ये भी ध्यान रखनी है जो लक्षण है ब्लैक फंगस या म्यूकर नाइकोसिस के उनको भी उनका भी ख्याल रखे जैसे फेस में स्वेलिंग होना आँखों में स्वेलिंग होना या होना, या लाल होना, और या फिर आँखों के में रोशनी चली जाना आपको की दिखाई देना कम पड़ जाए, या फिर आपको फेसियल बोन्स में आपको पेन हो और नाक में आपको ब्लैक का आना और नाक के ऊपर काले दाग का पड़ना या गांठ का ग्रो होना या फिर मुंह के अंदर आप को काला काले काले घाव का बढ़ना ये जो लक्षण है इनको ध्यान रखें और जैसे ही इन लक्षणों का आपको पता चलता है तो तुरंत डॉक्टर की कंसल्ट करें खास कर आप ई डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपना इलाज को जल्द से जल्द शुरू करें